गाड़ियों के शोर के बीच मैं अपनी आवाज़ को ढूंढ रही हूँ जैसे पिकानों की इस दुनिया में मैं अपने अपनों को ढूंढ रही हूँ